मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरे लेटेस्ट लेटेस्ट वीडियो आप तक बहुत आसानी से पहुंच सकते तो, तो मेरा नाम है आपका मैं जय हाट एक्सर पर बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने YouTube वीडियो के लिए इंट्रो कैसे तैयार कर सकते हैं जैसे कि मैंने अपने यूट्यूब वीडियो के लिए इंट्रो तैयार किया है अगर आपने मेरे यूट्यूब वीडियो का इंट्रो नहीं दिखाया है तो ये देख दोस्तों आप ये ऐसा ही अगर YouTube वीडियो इंट्रो चाहते हैं तो आपको हमने पी में Sony Vegas इंस्टॉल होना चाहिए सॉफ्टवेयर और इसके वीडियो इंट्रो के लिए टैंपलेट्स बहुत आपको बहुत ही आसानी से वेलो पर डॉट मिल जाएंगे और अगर आपको ये जानना है तो कैसे बनाया जाएगा इंट्रो तो आप मेरा वीडियो लास्ट पर तो देखें इसकी बिल्कुल ना करिए लेकिन तो भाई लोगों ने अभी तो मैं अच्छे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दूँ साथ ही साथ करेंटेस्ट वीडियो आपको बहुत ही आसानी से बहुत सारे चले चलते हैं देर न करते हुए अपने पीसी के स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने पीसी के स्क्रीन पे तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा सोनी वेगास का प्रो मतलब सोनी वेगास आपका थर्टीन या फोर्टीन वर्जन या फिफ्टीन वर्जन हो सकता कोई भी है आपके पीसी में इंस्टॉल होना चाहिए सॉफ्टवेयर ठीक है सोनी वेगास तो आपको अपने वीडियो इंट्रो के लिए टैम्पलेट चाहिए होंगे जो कि आपको बहुत ही आसानी से जैसे मैंने डाउनलोड कर रखा है टैम्पलेट वही है सोनी वेगास का ठीक है ये आपका इंस्टॉल होना चाहिए आपके पीसी में आपको इंट्रो के टेम्पलेट्स के लिए सिंपल सा आपको गूगल क्रोम पे अपने जाना होगा पीसी के उसके बाद आपको लिखना होगा वेलोसफाई देखिए ये रहा डॉट लिखना होगा आपको यहाँ पे ये जस्ट ओपन होगा तो आपको कैटेगरी चूज कर लेना कैटेगरी इंट्रो ठीक है जैसे आप इंट्रो चूज़ करेंगे तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा फिर ये सोनी वेगा ओपन कर लीजिए ठीक है जस्ट ये जैसे ही ओपन होगा तो आप नीचे आइए जो आपको लेना है जैसे मुझे ये लेना है ठीक है तो जस्ट मैं इसको क्लिक कर देता हूँ जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये ओपन होके ऐसा आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होगा नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन होगा तो इसको हम डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड पर एक नए पेज पर पे ये जाएगा तो यहाँ से सब्सक्राइब आप डाउनलोड करने से पहले इसको या फिर वेलोसफाई को यूट्यूब पर फॉल सब्सक्राइब कर लें या फिर ट्विटर पर सब्सक्राइब कर लें फॉलो कर लें या फिर या फिर फेसबुक पे आप इसको इसके पेज को लाइक करेंगे तभी आपको टाइमिंग यहाँ पे चलेगी ठीक है हैं यहां देखिए लिंक विल अपियर इन ट्वेंटी सिक्स ये टाइमिंग चल रही है मैंने इसके पेज को लाइक कर रखा है फेसबुक पेज को इसलिए मैं यहां से कई टैंपलेट्स जितने चाहे उतने मैं टैंपलेट्स यहां से डाउनलोड कर सकता हूं यहां से आप जो है डेली आप आके इसको चेक कर सकते हैं आप अच्छे अच्छे टैंपलेट्स यहां से निकाल सकते हैं ये बहुत ही अच्छी साइट हैं तो जैसे ये ये आपको लिंक ये सेकंड्स हट जाएँगे यहाँ पे एक दो ऑप्शन आ जाएंगे सोनी वेगाज डाउनलोड है तो इस पर जस्ट आप क्लिक कर देंगे तो आपका सोनी वेगाज डाउनलोड होने लगे जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया ठीक है क्लिक करके दिखाता हूँ मैं ये जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐसे आ जाएगा तो ये चीज़ है ये चीज़ ये आपको डाउनलोड यहाँ पे करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा ठीक है मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ मैं डाउनलोड कर चुका हूँ तो जस्ट आप स्क्रीन पे आ जाइए जैसे ये मैंने डाउनलोड कर लिया है तो इसको आप क्या करेंगे राइट right क्लिक करके आप एक्स्ट्रैक्ट हेयर कर देंगे ठीक है एक्स्ट्रैक्ट हेयर कर देंगे जैसे आप एक्स्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये यह फोल्डर बन के आ जाएगा इसको जस्ट आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इतने फाइल्स हैं तो इसमें से जो ओपन दिस है यही आपके लिए मेन फाइल है और मैं बता दें एक बार और मैं बताना चाहता हूं कि आपके पीसी में सोनी का वेगास प्रो होना जरूरी है ठीक है तो ये ओपन दिस आएगा पहले इसकी क्लिप देख लेते हैं कैसी क्लिप है ठीक है देखिए ये क्लिप है इसकी ये ऐसा चलेगा ठीक है म्यूज़िक अभी म्यूट है तो साथ में मिक्स होगा तो म्यूजिक यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा ठीक है तो बहुत ही अच्छा लगेगा अभी देखिए करके दिखाता हूँ मैं तो उसको जैसे ओपन दिस इसको डबल क्लिक करेंगे जैसे ही आपको सोनी वेगास प्रो पे ये फेक देगा ठीक है जैसे आपको सोनी वेगास प्रो पे आप जैसे ही जाएँगे इसको आप जस्ट बड़ा कर लीजिए ठीक है बड़ा कर लें इसको इसको हम प्ले करते हैं ठीक तो है यहाँ पे आप एरो लाएंगे ये, ये जो सर्कल है यहाँ पे लाएंगे यहाँ पे इसको लेफ्ट फिंगर से ऐसे प्रेस करके एस, इसको स्लाइड कर देंगे थोड़ा इधर ठीक है तो यहाँ पे एक बॉक्स बन के आएगा फिल्म टाइप का तो इसको आप क्लिक कर देंगे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे योर नेम आएगा इसको आप यहाँ पर अपने चैनल का नेम डाल दीजिए ठीक है तो चैनल का नाम मेरा है आई टेक एच I T A C H आई Tech S H O A I A I P ठीक है जैसे मैंने सर्च किया मैं इसका फ्रंट जो है काफ़ी बड़ा मैं इसका 36 कर लेता हूं ठीक है 36 सिक्स या थर्टी कर लीजिए आप 36 सिक्स यान थर्टी मेरे लिए बहुत सही है यहाँ से 36 मैंने कर लिया यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे प्रॉस्पेक्टी पे आएंगे तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं इसके इफ़ेक्ट चेंज कर सकते हैं ठीक है और ये यह देखिए यहाँ से चेंज कर सकते हैं यहाँ से आप बहुत ही अच्छे से इसके चेंज कर सकते हैं यहाँ से आप इसके फंडस भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से ठीक है तो मैं यही रखता हूँ आपको दिखाने के लिए फिर यहाँ पे सिंपल जाके यहाँ पे कट कर दीजिए ठीक है अभी आप अब फिर यहाँ पर ये यह जो सर्कल है यहाँ पर फिर लाइए कर, उसके करने के बाद फिर इसको प्रेस करके फिर वापस उसी पोजीशन पर ला छोड़ दीजिए ठीक है ये आपका तैयार है तो इसको प्रीव्यू करने के लिए आपको फाइल में जाना होगा जैसे आप फाइल में जाएंगे टॉप लेफ्ट में फिर आएगा रेंडर रेस रेंडर रेस में जाके अब जैसे रेंडर क्लिक करेंगे यहाँ पे कई सारे यहाँ पे होंगे ठीक है यहाँ पे कई सारे होंगे लेकिन आपको सोनी ए या एम इसमें जाके क्लिक करके इंटरनेट उन्नीस सौ और थर्टी सेलेक्ट कर देना इसको फेवरेट बना लेना है और यहाँ पे रेंडर करके आएगा ठीक है तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे रेंडर आ गया ठीक है और यहाँ पे मैं इतना नाम डल देता हूँ हाईटेक स्वेप ठीक है हाईटेक स्वैब ठीक है यहाँ पे मैं रेंडर कर देता हूँ जैसे ये रेंडर हो जाएगा तो आपका वीडियो कुछ ऐसा लगेगा देखिएगा भी रेंडर होने में थोड़ा टाइम लगता है वही 20-25 सेकंड लगता है बस तो आप भी अपना वीडियो टेम्पलेट्स ऐसे ही बना सकते हैं बहुत ही आसानी से और यहाँ पे इसका प्रीव्यू भी आता है ये जो आप यहाँ पे प्ले करेंगे तो यहाँ पे चल चलने ले लगेगा लेकिन मेरे में भी आ, कुछ प्रॉब्लम थी तो मैंने उसको हटा दिया है तो इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है शो कर रहा है तो ये देखिए रेंडर हो चुका है तो उसको मैं मिनीमाइज़ कर देता हूँ जैसे मिनीमाइज़ किया मैं फोल्डर पर गया तो यहाँ पे मैं अपने माई पी पे या माई पी में जाएंगे तो आपको जो है डॉक्यूमेंट्स में मिलेगा ये डॉक्यूमेंट जैसे ओके करेंगे तो यहाँ हाई टेक्स है देखिए ये मैंने सेव किया था ये यू हाईटेक्स है तो उसको जस्ट ओपन करके प्ले कर देंगे तो, तो बताइए आशा है आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा कैसा कर सकते हैं बहुत ही आसानी से अगर सर आपको वीडियो मेरा पसंद आ होगा अगर मेरा वीडियो आपको तो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो पर लाइक और शेयर करना ना भूलें और, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना लें और साथ में बटन को भी प्रेस करना ना भूलें इससे कि मैं लेटेस्ट लेटेस्ट वीडियो आपको बहुत ही आसानी से पा सकें चलिए चलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में